शराब बेचते हो देखिए बोल रहा है शराब बेचते हो दुनिया का कोई भी आदमी जब आके इससे पूछता है शराब बेचते हो तो कहता है ना आप देख लीजिए जब पूछिएगा तब बोलेगा शराब बेचते हो देखिए देखिए शराब बेचते हो नहीं, नहीं।, नहीं। देखे, देखे, और ये बेचारा नौ महीना से शराब के के केस में बंद है कहानी क्या हुआ टायर वाले यानी बैलगाड़ी वाले को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया बैलगाड़ी को जब्त कर लिया गया और ये दोनों बैल को थाना प्रभारी महोदय ने दूसरे किसी को सुपुर्द कर दिया शराब भेज रहे हो आ, ये तो इधर इधर ये तो चाचा अच्छा अच्छा इधर आइए इससे पूछिए तो शराब बेचता है पूछिए तो वो देखिए बता रहा है, नहीं। तो तो तो तो है। उसका नहीं बेचता है की नहीं बचता है शराबे तो केस में फंसा है नाची के बैल के शराब बेचता है की नहीं बचता है लेकिन बेचता नहीं है